के भी पास में रे हो सबरो से आगे तुम अभिजत बन चुके हो भी पास हो सबों से आगे तुम अभिजत बन चुके हो